So guys, आज के वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाले क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर में मिलने वाले दो ऐसे इमोट के बारे में जो कि आप लोग स्किन पर देख सकते हो काफी कमाल का इमोट है और ये दोनों इमोट आपको मिलने वाले ठीक है लेकिन आपको कब मिलेगा किस तरीके से मिलेगा लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी सारा डिटेल एकदम आसान तरीके मैं बताने वाला हूँ हां लेना एकदम आसान नहीं होगा लेकिन जैसी मैं आपको सारा चीज बताऊंगा आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को पूरा इन तक देख लेना तो चलो गए फटाफट कर लेते वीडियो के स्टार्ट सो मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को है, सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी फ्री के न्यू, न्यू अपडेट आती है सारा डिटेल पर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन कोल पर सेट कर लीजिए तो मिलने वाली तो कैसे मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो जैसा कि पता है सीएस में और रैंक मोड में नया सीजन आता है हर दो मंथ के बाद ठीक है जैसी आता है तो अगर आप लोग डायमंड में जाओगे हीरोइक में जाओगे ग्रैंड मास्टर में जाओगे तो आपको गोल्ड वगैरह मिलता है और भी कुछ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलती है ठीके? लेकिन अब से क्या होने वाला भाई काफी ज्यादा अच्छा है पसंद आया इसके अलावा जैसे आप लोग ग्रैंड मास्टर में जाओगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा सेम इमोट मिलेगा बस यहां पर जो थे होगा वो ग्रैंड मास्टर हो जाएगा बीच में हीरोइक जो दिख रहा है वो ग्रैंड मास्टर का दिखेगा लोगों का ठीक है तो काफी कमाल कमाल का आपको दो इमो मिलेगा ठीक मिले, है एंड तो तो इसके अलावा आप लोग हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ किस देखने के लिए मिलती है और इस बार आप लोगों को यह गन किसने के लिए काफी कमाल किसिन है और जैसी नया सीजन आएगा आपको मिल जाएगा ये सारा रिवॉर्ड आपको मिलेगा क्या? वो मैं आपको बता देना चाहता हूं तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिए हमारा जो नया रैंक सीजन आने वाला है वो आने वाला 16 जून को ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 16 जून का यहां पर डेट लिखा हुआ है तो 16 जून का जैसे ही आएगा आप लोग क्या रैंक वगैरह प्लस करना तभी आपको यह सारा रिवॉर्ड मिलेगा ठीक है तो होप क्या आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी पसंद को लाइक कीजिए मिलते नेक्स्ट में जब तक जय हिंद जय